करने दे से, करके मरने दे शादी तो शादी करने करने से मेरे फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे क्या करने क्या मतलब सो तो बार कहा दिल से चल भूल भी जाओ उसे हर बार दिल ने जवाब दिया कि तुम दिल से नहीं कहते